हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल रावत दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ कि पैरामीटर मीटरमोन मोड ऑन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों जीनियस की जो पीएलसी है दोस्तों उसका जो फंक्शन है दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंट क्या है कि दोस्तों पैरामीटर मोड ऑन करने के लिए अपने पी को ऑफ करना पड़ेगा तभी जा आपको पैरामीटर मोड ऑन कर पाओगे तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि पैरामीटर मोड ऑन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों मैं इसमें अकोना से रिलेटेड सारी वीडियो आपको बता दूंगा हर प्लान के पी के बारे में बी हो चाहे डीएसओ, चाहे कोई सी भी हो दोस्तों तो आपने अगर मेरी और वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें तो उनमें आपको इसके पार्ट्स के बारे में भी जानकारी दी गई है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की ओर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीएन जीनियस में किस तरीके से आप पैरामीटर मोड कौन करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पी की ओर तो फ्रेंड ध्यान दें जिस तरीके से मैंने दूसरे वीडियो में आपको बता दिया कि रेसिपी यहाँ से बनी जाएगी सेट से क्या होता है फंक्शन किस काम आता है बाकी इसमें यहाँ से आप पैरामीटर मोड ऑन नहीं कर सकते हैं तो पैरामीटर मोड ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों आप ध्यान देते देते रहें और स्टेप बाय स्टेप जानते रहें तो आपको पहले करना क्या है दोस्तों के आपको एक नंबर पर दबा के रखना है और अपना इंडिकेटर ऑन करना है इंडिकेटर ऑन करते ही दोस्तों पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड इसमें दो तीन प्रकार के लगे हो सकते हैं तो जो मेरे इसमें पासवर्ड लगा हुआ है मैं आपको बता दूंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पैरामीटर मोड ऑन कर दिया है और आपको मैं बता दूंगा कि पासवर्ड इसमें जो पैरामीटर मोड ऑन करेंगे आप तो इसमें दो तीन लगे, लगे, लगे हो सकते हैं तो आप जो मेरे इसमें पासवर्ड लगा मैं आपको बता दूं तो दोस्तों हमने डालना है इसमें टू फोर तो, जीरो सेवन दोस्तों इंटर मारेंगे इंटर मारते दो, दोस्तों हमारी एग्रीगेट सेट डेल्टा सेटिंग जो है कि ओपन हो जाएगी ओपन होने के बाद आपको क्या करना है एग्रीगेट सेट टाइम आप यहाँ से कर सकते हैं यह सेट टाइम वग़ैरह सारे यहाँ से सेट होंगे एग्रीगेट डिस्चार्ज सॉरी एग्रीगेट डिस्चार्ज स्टार्ट टाइम यहाँ से होगा क्लोज टाइम यहाँ से सीमेंट स्टार्ट डेल्टा यहाँ से होगी और सेट टाइम यहाँ से डाला जाएगा दोस्तों और वाटर स्टार्ट टाइम यहाँ से होगा कि वाटर सेट टाइम वाटर डिस्चार्ज इस तरीके से दोस्तों आप ये आपकी जो सेटिंग है कन्वेयर के ट्रेवल टाइम वग़ैरह आप यहाँ से डालेंगे मिक्सर स्टार्ट डेल आ, ले सेटिंग आपकी यहाँ से होगी मिक्सिंग टाइम आपको कितना रखना है वो यहाँ से आप करेंगे मैं आपको दिखा दूँ मैंने सात सेवन पॉइंट ज़ीरो किया हुआ है और फर्स्ट ट्रेवल टाइम दोस्तों मेरा ज़ीरो है गोल्ड टाइम दोस्तों टू सेकंड सेकंड ट्रेवल टाइम एट सेकंड इस तरीके से दोस्तों आपको सारी सेटिंग कर लेनी है सोटल आराम लॉन्ग और ये सब कुछ यहां पे दोस्तों आपको सेट करना है आपका जो पैरामीटर मोड ऑन है दोस्तों मैंने उसके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया है कि कहां से कैसे आपको पैरामीटर मोड ऑन करना है और कैसे इसमें पासवर्ड हो सकते हैं अलग प्रकार के पर मेरे इसमें टू फोर जीरो से है तो मैंने बता दिया अब दोस्तों आपको बाहर निकलने के लिए क्या करना है दोस्तों आपको इंटर नहीं मानना है केवल स्कैप कर देना है स्कैप करने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट मेन मेन्यू पर आ जाएंगे आपका वो फीड हो चुका है आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको हर प्रकार की जो पी से रिलेटेड वीडियो है या हर प्रकार की जो पैनल की इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सको तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में